एक बार एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक करके चार चार महीने के अंतराल में इस पेड़ की तलाश करने जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है अब हम बारह महीने के बाद इस बात पर चर्चा करेंगे सबसे पहले पहला बेटा देखने गया फिर चार महीने बाद उसी पेड़ को दूसरा बेटा देखकर लौट आया फिर उसके अगले चार महीने बाद तीसरा बेटा पेड़ देखकर लौट आया। इस प्रकार तीनों पुत्र बारी बारी से चार महीने के अंतराल में गए और पेड़ देखकर लौट आए ठीक बारह महीने बाद राजा ने फिर से तीनों को बुलाया और नाशपाती के पेड़ के बारे में पूछा पहले पुत्र ने पेड़ को सूखा हुआ बताया दूसरे पुत्र ने बताया कि पेड़ हरा भरा था लेकिन उस पर फल नहीं थे तीसरे पुत्र ने बताया कि पेड़ हरा भरा फल और फूलों से लदा हुआ था इसके बाद तीनों पुत्र खुद को सही साबित करने के लिए एक दूसरे की बातों को झूठ बोलकर लड़ने लगे तब राजा ने तीनों पुत्रों को रोका और कहा कि आप तीनों अपनी अपनी जगह सही हो और सच बोल रहे हो आप तीनों ने पेड़ के अलग अलग रूप को देखा इसका कारण यह था कि आप तीनों अलग अलग मौसम अनुसार पेड़ को देखने गए इसी वजह से आपको उस पेड़ की स्थिति अलग अलग दिखाई दी बच्चों ये मैंने आपको जीवन की तीन सीख देने के लिए ऐसा किया पहली सीख कि किसी भी इंसान या वस्तु की सही जानकारी के लिए उसको समझने के लिए उसकी लंबे तक जांच परख करो दूसरी सीख कि मौसम की तरह वक्त भी कभी एक सा नहीं रहता धैर्य बनाए रखो कभी जल्दबाजी में फैसले मत लो तीसरी सीख कि दूसरों की बातों को ठीक से सुने या बिना जाने समझे अपनी बात पर मत अड़े रहो हो सकता है कि सामने वाला भी सही कह रहा हो क्योंकि हर इंसान के जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती सही जानकारी सही फैसला सही विचार ही इंसान को जीवन में सफलता दिलाती है और राजा के तीनों पुत्र जीवन की इस सीख को समझ जाते हैं कि समय सदैव एक सा नहीं होती ये बदलता रहता है उसी प्रकार हमारे जीवन भी हर समय एक जैसी नहीं रहती जीवन में सुख दुख सफलताएं और असफलताए आती रहती है हमें जीवन की बदलाव को स्वीकार करना चाहिए न कि हमें उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंता में जाना चाहिए बल्कि उसका उचित समाधान खोजना पड़ता है और साथ ही हमें हर समय धैर्यता से काम लेना भी जरूरी है क्योंकि अक्सर हम बुरे परिस्थिति में समस्या के क्षण में हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और जीवन की बदलाव देख उससे हम डर जाते हैं हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए तो इसी परिस्थिति में हमें धैर्यवान होकर सोच समझकर उसके संदर्भ में जानकारी लेकर कोई भी फैसला लेना है और दोस्तों अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी ही बात दूसरों से मनाने में अड़े रहते हैं हम जिद पर अड़े रहते हैं कि मैं जो देखा हूँ मैं जो सुना हूँ और मेरा बात ही सही है सामने वालों की बात गलत है या वो जो कह रहा है वो गलत है पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी कभी सामने वाला भी सही हो सकता है सभी का अनुभव भिन्न होता है और समय भी सभी का भिन्न भिन्न होता है तो इसीलिए लिए हमें दूसरे के भी बात को सुनना जरूरी है केवल हम अपना ही ज्ञान देंगे तो हम औरों के भी अपमान करते हैं जैसा कि इस कहानी में राजा के तीनों पुत्र एक आपस में अपनी बातों को सही बताने में लड़ने लग रहा था परंतु उन तीनों की बात सही थी वे तीनों अलग अलग मौसम में उस वृक्ष को देखे थे तो वो वृक्ष भी तीनों के दृष्टिकोण में अलग ही दिखाई दिया था और दोस्तों इसी पर आधारित एक और कहानी है जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए वैशाली नगर राज्य में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था राजा के मन में जिंदगी को लेकर आने वाले नकारात्मक विचार राजा को सुकून की जिंदगी जीने ही नहीं देते थे जिस वजह से राजा आए दिन परेशान रहता था जो भी काम करता दुखी मन से करता बहुत समय से उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी इस साल राजा के राज्य राज्य में बहुत कम बारिश हुई, सूखा पड़ गया जिसका सीधा असर राज्य की किसानों की जिंदगी पर पड़ पड़ा अच्छी फसल नहीं लग पाई सब किसान बहुत दुखी और उदास थे एक दिन राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला वहीं पर एक मेला लगा हुआ था जहां पहुंचकर राजा ने हर आदमी के चेहरे पर उदासी देखी लेकिन उन सब में सिर्फ एक आदमी ही ऐसा था जो राजा को देखकर खुश था मुस्कुरा रहा था वो आदमी एक दुकान के बाहर बैठा था उसके फटे मेले कपड़े लंबे उलझे बाल हाथ में कटोरा या सब देखकर राजा समझ गया कि यह तो एक भिकारी है भिकारी को मुस्कुराती देख राजा कुछ देर बाद अपना उदास मन लिए वहाँ से चला गया अगले दिन राजा अपने रथ पर फिर से राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला तो उन्होंने फिर से वही दुकान से होकर जब राजा गुजर रहा था तो तभी राजा को फिर से वही भिखारी मिला भिकारी के चेहरे पर मुस्कान थी राजा रथ रुकवाकर कर बिकारी को ध्यान से देख रहा था भिकारी के हाव भाव ऐसे थे मानो कि उसे जिंदगी में पता नहीं क्या मिल गया हो राजा यह देख कर वहा से चला जाता है राजा को रात के सपने में भी वही भिखारी मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया अगले दिन राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया राजा ने बड़े अचरज मन से पूछा कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं है ना रहने को घर है ना ही परिवार और ना ही खाने को दो वक्त की रोटी फिर भी तुम इतना खुश और सुकून से कैसे जी रहे हो अपनी जिंदगी को तब भिकारी बोलता है मैं कल की नहीं सोचता महाराज जो जिंदगी आज है बस उसी को जीता हूँ और फिर कल किसने देखा है कि क्या हो जाए भले ही मैं गरीब हूं लेकिन मुझे इसका तनिक भी गम नहीं क्योंकि मेरी कोई ऐसी इच्छाएं ही नहीं है जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़े जैसा हूं जहां हूं बस खुश रहता हूं आनंद में रहता हूं भिकारी की यह बात सुनकर अचानक से राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गयी विकारी की इन बातों से राजा को अपनी परेशानी का हल मिल गया था राजा को भीतर ही भीतर सुकून की अनुभूति होने लग रही थी राजा को जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिल गई थी इसके बाद वो राजा बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी विचलित नहीं होते थे वो दुखी नहीं होते थे बल्कि मुस्कुराते सभी समस्या परेशानियों का समाधान निकाल लेते थे और वो अपने जिंदगी के बड़ा सीख मान लिया था फिर से उसकी राज्य में खुशहाली लौट आई तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल अफसन दबाना न भूले तो चलिए मिलते ऐसी कोई और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे धन्यवाद